प्रेम तो को बढ़ाना है तो विरह बहुत जरूरी है और मन को समझना है तो मन की कहीं पर मन, चलो। मन बस में होता है संयम की चाबुक से किसी ने कहा है मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है मंदिर जाओ और शिकायत से भरे दादाजी के तरफ शिकायत से भरे माँ बाप के तरफ शिकायत से भरे बहुत सास की तरफ शिकायत ऐसी भरी है एक बात बताओ दोस्तों शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है शिकायत से भरोगे तो कुछ भी नहीं होगा खतरनाक है, है इंद्रिया हुआ करती है।, है तो मन हुआ करता है मन जुआर को भी खतरनाक करता, करता है मन तो वो है ध्यान रखना आपके घर में एक स्विच बोर्ड होता है और एक मेन स्विच होता है ये इंद्रिया तो स्विच बोर्ड हुआ करती है मन मेन स्विच हुआ करता है मन का मेन स्विच गिरा दो मन का मेन स्विच गिरा दो इंद्रियों का स्विच अपने आप ही बंद हो जाया करता है सारे उपद्रव मन के द्वारा ही हुआ करते हैं दोस्तों एक बात याद रखना। का लीटर में जाता है। कपड़े को मीटर लेकिन मन को लापने का कोई तनाजू नहीं होता है ये मन की ये मन कभी आकाश की ऊंचाई में जाता है तो कभी खंभा की खाने में गिर जाता है ये मन बड़ा नादान है जितना इसे मनाओ उतना मचलता है दूर भागता है एक बात बताओ दोस्तों एक बात याद रखना दोस्तों एक बार महान सिकंदर सम्राट अपने अभियान के तहत भारत पहुंचा भारत जीतने के लिए तभी उसे एक संत मिले और बोले जरा एक बात बता ये जो सारी दुनिया में लूट घसोट कर रहे हो सारी दुनिया को जो तू जीत रहा है इसके बाद क्या करेगा तू सिकंदर बोला मैं पूरी दुनिया में राज करूँगा फिर शांति से रहूंगा शांति से जीऊंगा तो संत ने कहा पागल इतने से के लिए इतना है। शांति के लिए दुनिया नहीं जीती जाती है, मन को जीता जाता मिलेगी बीबी आ जाए तो शांति मिलेगी बच्चे हो जाए तो शांति मिलेगी दौलत कमाऊंगा तो शांति मिलेगी सब कुछ तो करके देख लिया मरते दम तक भी शांति ना मिली एक बाप काट बांध लीजिए एक बात गांठ बांध लीजिए कि शांति शांति साधनों से नहीं मिला करती, तो परमात्मा की साधना से प्राप्त हुआ करती है सुबह से शाम तक उठते बैठते, शांति शांति के लिए मंत्र जपने की जरूरत नहीं है चप्पल भी पहनो तो शांति से कपड़े भी पहनो तो शांति से जो व्यक्ति सुबह से शाम तक ये साधना कर लेता है वो व्यक्ति घर बैठ भी शांति हो जाया करता है मरने के बाद शांत हुए तो क्या हुआ मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए जो जीते जी शांत होते हैं वो संत होते हैं मरने के बाद जो शांत होते हैं तो वो मजबूरी हुआ करती है तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद जय हिंद